नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल आमेठा एजुकेशन पर साथियों कक्षा पाँच और आठ के आवेदन भरने हेतु आवेदन की तिथि में कुछ संशोधन किया गया है क्या है वो संशोधन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास बने बेलाइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले साथियों आदेश की प्रति डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं आइए देखते हैं किस क्या निर्देश जारी हुए हैं क्या तिथियों में संशोधन हुआ है कार्यालय पंजीकृत शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर दिनांक 20 जनवरी दो का आदेश है विषय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा पाँच एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा आठ परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि वृद्धि के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा पाँच 2023 हजार तेबीस एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा आठ परीक्षा दो के आवेदन करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि विद्यार्थी हित में दिनांक बीस एक तेबीस से बढ़ाकर दिनांक चौबीस एक दो हज़ार तेईस तक की जाती है अंतिम तिथि जो कि बीस जनवरी दो हज़ार तेईस की कक्षा पाँच और कक्षा आठ के आवेदन भरने की उसे बढ़ाकर दिनांक चौबीस जनवरी तक किया गया है उक्त दिनांक तक सभी संबंधित को निर्देशित कर शत प्रतिशत विद्यार्थी के आवेदन करना सुनिश्चित करें यदि कोई विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रहता है तो अपेक्षित स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी साथियों हमें दिनांक 24 जनवरी तक सभी बच्चों के कक्षा पाँच एवं कक्षा आठ आवेदन पत्र भरवाने हैं ऑनलाइन इसको लेकर तिथियों में जो संशोधन हुआ है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद